अभी वक्त खराब है इसलिए चुप हूं अभी वक्त खराब है इसलिए चुप हूं सबका हिसाब होगा जब दिमाग खराब हो